दोस्तों आज है संडे और मैं हाजिर हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स लेकर आज के इस क्यों वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा नमस्कार दोस्तों मैं हूं योगी योगेंद्र आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑन लिट दोस्तों मैं आपको एक सूचना दे दूं कि दो गिव अवे चल रहे हैं हमारे चैनल पर 15 तारीख लास्ट डेट है पार्टिसिपेट करने की अगर आपने अभी तक नहीं किया है दोनों वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आज 13 तारीख हो चुके हैं दो दिन आप और पार्टिसिपेट कर सकते हैं चलिए पढ़ते हैं पहला कमेंट और ये लिखने वाले हैं इमरान कुरैशी जी और ये लिखते हैं मेरा ट्रेवल ब्लॉगिंग चैनल नया है तो वीडियो ड्यूरेशन लॉन्ग रखू या शॉर्ट प्लीज पिक दिस कमेंट थैंक यू दोस्त देखो ट्रैवल जो व्लॉग्स होते हैं मैं बहुत ज्यादा देखता हूं इन चीजों को बहुत ज्यादा ट्रैवल की वीडियोस देखता हूं। तो आप आठ से दस मिनट तक का वीडियो बना सकते हो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब आपके पास ऑडियंस आ जाएगी तो आप पंद्रह बीस पच्चीस मिनट तक का ही बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेवल ब्लॉगिंग में इस तरह की वीडियोज काफी चलती है अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं टैक वाले है। और ये लिखते हैं सर ये यूट्यूब इंप्रेशन क्या होता है दोस्त देखिए यूट्यूब इंप्रेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझा देता हूं आपको आपकी वीडियो का जो थंबनेल होता है जिससे पता चलता है कि लोगों के सामने जाती है जैसे कि नोटिफिकेशन के रूप में इसके अलावा ब्राउज फीचर में अगर मान लो मैंने आज एक यूट्यूब खोला एस एक्सप्रोल किया अब कुछ वीडियो तो मेरे सामने आएगी इस तरीके से ब्राउज फीचर हो जाता है सजेस्टेड में मान लो मैं किसी और का वीडियो देख रहा हूं आपका साइड में रिकमेंड हो रहा है तो इस तरह से जितनी बार यूजर्स के सामने वीडियो आती है मान लीजिए कोई वीडियो है आपकी उसको यूट्यूब ने एक लाख बार लोगों को दिखाया किसी भी तरीके से तो एक लाख इंप्रेशन माना जाएगा मतलब जितनी भी बार वीडियो दिखाई जाती है यूजर्स को उतनी बार ही उसको इंप्रेशन काउंट होता है अब एक लाख इंप्रेशन हो गए अब मान लीजिए एक लाख बार लोगों को दिखाई वीडियो यानी कि वीडियो का थमनेल दिखाया और उनमें से दस लोगों ने अगर क्लिक करके वीडियो भी देख लिया तो दस हो जाएगा पर क्लिक थ्रू रेट तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर सकते हैं क्या दोस्तों है पर वो ये है कि आपके चल पर एक हजार सब्सक्राइबर होने चाहिए और जब आपके चल पर एक हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके एक वीक के बाद आपको प्रीमियर का ऑप्शन मिलेगा अब मान लो अगर आपको ऐसा चैनल देखते हो जिसपे एक हजार सब्सक्राइबर नहीं है और उसने प्रीमियर कर रखा है तो यूट्यूब में कुछ ग्लिच होते रहते हैं यूट्यूब बहुत सारे फीचर्स है जिनको रैंडमली देता है तो सब चलता रहता है बट नियम यही है जो मैंने आपको बताया अगला जो कमेंट है सर आई होप यू रिमेंबर मी जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट माई एनालिटिक्स में दिखाई है ट्यूजडे थ्रस्डे एंड फ्राइडे रात आठ से दस बजे तक बेस्ट टाइम है अपलोड करने का या कॉन्टेंट पोस्ट करने का सो आई वॉन्ट टू नो दैट हमको कम्युनिटी पोस्ट भी उसको दिमाग में रख के पोस्ट करना चाहिए थैंक यू देखिए भाई ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा एनालिटिक वाला वीडियो आपने देखा और आपको ये पता चला कि आपके चैनल पर बेस्ट टाइम कौन सा है वीडियो अपलोड करने का किस टाइम पर आपकी जो ऑडियंस है वो ज्यादा एक्टिव रहती है तो आप उस टाइम पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं कम्युनिटी टैप भी उस टाइम पर डाल सकते हैं अगर आप कम्युनिटी टैब को अलग टाइम पर भी पोस्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कम्युनिटी टैब में जब पोस्ट डालते तो कई दिनों तक एक्टिव रहते कई दिनों तक लोगों के ब्राउज फीचर में आती रहती है बाकी अगर आप सही टाइम पे डालोगे जब ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है तो आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं यूट्यूबर फनी शॉर्ट और लिखते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वीडियो अपलोड करते समय जो लोकेशन का ऑप्शन आता है उसके क्या नुकसान है क्या फायदे हैं और क्या आप भी वीडियो में लोकेशन डालते हैं तो देखिये मैं तो वीडियो में लोकेशन नहीं डालता हूं क्योंकि मैं डालता हूँ हैश जो आपको दिखाई दे ब्लू कलर में लेकिन लोकेशन डालने का फायदा नुकसान नहीं है कुछ खास बस ये है कि जैसे मान लो आपकी कोई वीडियो देख रहा तो उसको पता लग जाएगा कि वीडियो किस लोकेशन से अपलोड हुई है अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं लक्की खूबवानी और ये लिखते हैं भैया अगर टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर और व्यूज मिलियन या लाखों में आते हैं तो अर्निंग क्या अच्छी होगी हाँ बिल्कुल होगी सब्सक्राइबर कितने हैं इससे अर्निंग पर डिपेंड नहीं करता आपको व्यूज कितने आते हैं लोग कहां से आपका वीडियो देखते हैं आपका वीडियो किस टॉपिक पर है इस पर ही पूरी पूरी अर्निंग आपकी टिकी हुई है और आप हाँ, वीडियो की लेंथ कितनी है इस पर भी डिपेंड करती है अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले रोहित वर्मा जी और लिखते हैं सर अगर हम इंटरनेट पर किसी ब्रांड या प्रोडक्ट की कमियां बताते हैं जिस प्रोडक्ट की हम कोई कमी बता रहे हैं वह प्रोडक्ट हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया हमने इंटरनेट से अलग अलग जगह से उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के बाद उसकी कमी बताई तो क्या इस बात का कोई दिक्कत हो सकती है क्या? दोस्त, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई कमी बताते हैं चाहे भले आपको जानकारी कहीं से भी मिली हो आपने यूज किया हो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो लेकिन अगर मान लो कंपनी कभी आपके कोई केस करती है लीगल कुछ करती है तो आपको वो कमी साबित करनी पड़ेगी बस सिंपल सी बात है मैंने कहा कि यार इस प्रोडक्ट में ये कमी है और कंपनी कल मेरे ऊपर एक्शन ले ले तो मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि जो कमी मैंने बताई है वो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के अंदर है अगर है तो फिर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप झूठ मूठ बता देते हो मान लो किसी मोबाइल का कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और मैं बता रहा हूं सिर्फ दो मेगापिक्सल का मिलता है तो ये तो झूठ है वहां आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन आप सच बता रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं, नहीं कि जो फैक्ट है आपके वो सही होने चाहिए अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले सुपर हीरो स्टूडियो और ये लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू सर आप बोलते हो कि स्पॉन्सरशिप एवरेज व्यूज के हिसाब से मांगनी चाहिए लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमारे एवरेज व्यूज कितने हैं यानी कि एक दिन के होते हैं एक घंटे के कितने होते हैं देखिए एवरेज व्यूज का मतलब यह है कि जब आप चैनल पर काम करते हैं और बहुत सारी वीडियो आप अपलोड करते रहते हैं तो आपको यह पता लग जाता है कि यार नॉर्मली मेरे इस वीडियो पे इतने व्यूज तो आएंगे नॉर्मली वीडियो पर इतने व्यूज आएंगे ये आपको क्लियर पता लग जाता है और कुछ वीडियो पर एवरेज से ज्यादा भी आ जाते हैं कुल मिलाकर जो आपके लास्ट सात या दस वीडियो है उनमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल व्यूज कितना आया। मान लीजिए आपने दस वीडियो डाली और किसी में नौ हजार व्यू जाए किसी में ग्यारह हजार किसी में बारह हजार किसी में आठ हजार किसी में दस हजार किसी में बारह हजार एक में एक लाख आ गए तो आप ये मान लीजिए कि दस आपके एवरेज व्यूज है एक वीडियो पर ज्यादा आ गए तो बस इस तरह से हम जो है एवरेज व्यूज निकालते हैं अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले ए आर लिखते हैं दो सवाल पूछे इन्होंने पहला सवाल भाई अगर हमने एक वीडियो डाला और उसे कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ और अगर हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया तो क्या वो रेवेन्यू हमें मिलेगा बिल्कुल मिलेगा जी क्योंकि रेवेन्यू का जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके वीडियो पर आ चुके हैं लोगों ने देख लिए तो एडवर्टाइजर पैसा दे चुका YouTube को तो उसका पैसा आपको मिल जाएगा अगला जो सवाल है आपका वो यह है कि अगर हमें खुद के वीडियो पर कमेंट डालनी है उसके लिए तो वीडियो ओपन हो जाएगा तो इनवेलिड क्लिक्स का खतरा हो सकता है तो क्या सेफ है मेरे भाई देखिए हम भी कई बार कमेंट पिन करते हैं उस कंडीशन में मोनिटाइज ऑफ कर देते हैं जो मैं करता हूं मैं वो बता रहा हूं आपको मैं मोनिटाइज ऑफ कर देता हूं वीडियो पे क्लिक करता हूं वीडियो चल जाती है और वहां पे कमेंट लिख के पिन कर देता हूं और फिर वापस उसका मोनिटाइजेशन ऑन कर देता हूँ उसके बाद ही वीडियो पब्लिक करता हूँ उससे पहले को अनलिस्टेड रखता हूँ तो सिंपल सा तरीका ये मैं यूज करता हूँ ये बिल्कुल सेफ है अगला जो कमेंट है ये लिखना है डिलाइट फ्लावर्स उन्हें लिखते हैं सर आई अपलोड शॉर्ट ऑन माय चैनल ऑफ मूवी एंड अदर वीडियोस बट यूट्यूब हैज गिवन कॉपीराइट क्लेम प्लीज हाउ टू अपलोड कॉपीराइट क्लेम फ्री कंटेंट देखिए भाई कॉपीराइट फ्री क्लेम फ्री आप अगर मूवीज या सीरियल्स अपने चैनल पर डालोगे तो ये पॉसिबल उतना नहीं है जितना आपको दिखाई देता है अगर आप मान लीजिए किसी चैनल पर देख रहे हैं कि मूवी के क्लिप से काफी ज्यादा व्यूज आते हैं किसी पर सीरियल्स के क्लिप या सीरियल के सीरियल अपलोडर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं तो उनमें सबसे पहले तो तीन तरह के चैनल होते हैं तीनों समझ लीजिए पहला चैनल ऐसा होता है जो उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस होते हैं यानी कि उन फिल्म के कॉपी जो है वो उन्हीं के पास होते हैं तो वो क्लिप्स डाल देते हैं उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है वो ब्रांड होते हैं दूसरे तरीके के चैनल वो होते हैं जो पता कुछ नहीं होता बस ऐसे ही मूवी के क्लिप क्लिप उठा के डाल देते हैं और बाद में वो चैनल बंद होते चले जाते हैं फिर नए खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं नए खुलते फिर बंद हो जाते हैं तीसरे तरीके के चैनल और होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना कोई भी कंटेंट पहले डालते हैं और चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं जब चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद ये सब काम करते हैं लेकिन उनमें भी 80 से 85 चैनल बंद हो जाते हैं फिर वो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं फिर बंद हो जाते हैं बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप कोई भी ऐसी मूवी जो आपने खुद नहीं बनाई है जिसके कॉपरेट आपके पास नहीं है या कोई भी ऐसा सीरियल जिसके कॉपरेट आपके पास नहीं है उसको आप बिल्कुल निश्चिंत होकर डाल सके अपने चैनल पर पैसा कमा सके और आपको लगे कि यार कोई क्लेम नहीं आएगा कॉपरेट स्ट्राइक अगर आप दूसरों का कंटेंट जब भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई ना कोई खतरा जरूर बना रहेगा तो ये सीधी सी बात है इन चक्रों में आपको नहीं पढ़ना है आप अपना खुद का कुछ अच्छा कंटेंट बनाइए कुछ जेनुअन कंटेंट बनाइए और YouTube पर आगे बढ़िए इससे आपको नाम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा और ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको खुद को कोई सवाल पूछना हैशट आज की होगी लिख के इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए क्या पता अगली बार आपका कमेंट पिक हो जाए वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी करना है चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बैल को दबाकर क्लिक कर इसी तरह के वीडियो में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद